हिजाब को लेकर राजनीति गरमाई हुई है बीजेपी नेता और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिजाब को लेकर कहा कि सरकार जो कह रही है वो सबके सामने उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरिफ मसूद पर जमकर हमला बोला और फिर जिन्ना और वंदे मातरम की याद दिलाई शर्मा ने ये भी कहा की सोए हुए शेरों को मत जगा पछताना न पड़ जाए हिजाब मुद्दे को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है शर्मा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर निशाना साधा और कहा भाईजानों से प्रार्थना है बोलने से पहले थोड़ा अतीत और वर्तमान देख लिया करें सोए हुए शेरों को जगाने का ठंडा ना करो वरना पछताना पड़ जाएगा सरकार जो कर रही है सबके सामने है जिस दिन तय करेंगे सब देख लेंगे हिजाब की बात करते यह वही है लोग हैं जो कांग्रेस के वर्तमान जिन्ना दिग्विजय सिंह की सभा हो रही थी और तत्कालीन विधायक मसूद ने कहा था वंदे मातर नहीं बोलूंगा इस पर दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध ली थी उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो है जो राजनीति के लिए देश विभाजन के लिए पाप कर सकती है कांग्रेस हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए अब कपड़ा सामने लाएगी और कभी भगवा को आतंकवाद कहेगी मुझे लगता है की कुछ लोग बिना सोचे समझे बोलने के आदि हो गए और इसलिए मेरा कुछ भाई भाईजानों से अक्रबद प्रार्थना है कि बोलने के पहले थोड़ा अतीत और वर्तमान देख लिया करो सोए हुए शेरों को जगाने का धंधा ना करो वरना पछताना पड़ जाएगा सरकार जो कर रही है वो सबके सामने है और सरकार जब करेगी वो भी सबके सामने आएगा और जिन दिन तय करेंगे तब देख लेंगे तुम कहाँ चले गए हो क्या तुम चुप हो गए हो क्या तुमने हिन्दुस्तान छोड़ दिया है जो आज हिजाब की बात करते है ये वही लोग हैं जब कांग्रेस के वर्तमान जिन्ना आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सभा हो रही थी उसमें एक आज तत्कालीन जो विधायक है उसने कहा था वंदे मातरम नहीं बोलूंगा उसने कहा था भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और कांग्रेस के तत्कालीन जिन्ना जो वर्तमान में है दिग्विजय सिंह जी उनने इस पर चुप्पी साध ली थी तब कहा चले गए थे तो ये कांग्रेस वो है जो राजनीति के लिए देश विभाजन जैसा महापाप कर सकती है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 कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हक हाँ आप देख रहे हैं दखल न्यूज